वो स्कूल और कॉलेज के अंदर हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता पर आज का जो ये ट्रेनिंग है ये एक्चुअल में आपको वो इंफॉर्मेशन देने वाला है जिससे आप पैसे कमाने वाले हैं So, आज ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए मुझे एक नोटबुक और पेन के साथ बैठे हो जाए इसमेशन को आप करके पैसे कमा सकते हो। so, आज एंड तक देखिएगा और आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन्हें डीप नॉलेज चाहिए बट उन्हें नहीं पता कि कहां से मिलेगी इस वीडियो को आप शेयर करेंगे कुछ होता, आप सुनते हो, कैंडल कुछ होते है, बट हमेंटिव एंड आपके काम आने वाले प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है सो so, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर उसमें बेसिक्स हमने कवर करे दें हमने आपसे बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर आएं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप में से हजारों लोगों ने कॉमेंट किया एंड आज जो ये वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है इससे पता लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो आप सीखना चाहते हो इसीलिए सिखाने में भी मज़ा आता है पहले ये पीपीटी जो मैंने बनाई हुई है इसमें मुझे बहुत टाइम लगा यार मुझे खुद बनानी पड़ी ये मैं एडिटर को नहीं बोल सकता था इसे बनाने के लिए सो ये वीडियो आज आपको मिल रही है आपको लग रहा है एक तरीके से बना बनाया पका पकाया खीर मिल रही है आपको बट इसे बनाने में टाइम लगा है सो जो मेरी ये मेहनत लगी है ना ये सफल हो जाएगी अगर आप लोगों ने सीख के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लिया और लॉस को कम कर दिया सो so, बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप लोग एक्चुअल में पैसा कमाए दैट इज वॉट आई वॉन्ट दैट इज माई मेन इंटेंशन दैट यू बिकम सेल्फ मेड इसीलिए मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर रेगुलरली ट्रेनिंग दे रहा हूं सो so, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं so, ये वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखो सब कुछ ले करूंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर इस वीडियो को एक सिक्स क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी देख रहा है ना तो उसे भी सब कुछ समझ आए जितनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूं अभी जो आप देखने वाले हो देखो अभी स्लाइड पर ले जाऊं मैं आपको, आपको बोलूं ये क्या होता है ये क्या होता है आप देखोगे कुछ नहीं समझ आ रहा बट अब अगर आप मेरे साथ स्टेप बाई स्टेप बने रहोगे ना यू विल आपको ये हलवा लगने लगेगा आपको लगेगा यार ये चीजें कितनी आसान कर दी हैं, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं क्योंकि हम ये जब पैटर्न्स देखते हैं चार्ट्स देखते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं खासकर जो नए लोग हैं वो जब चार्ट्स देखते हैं उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि चल क्या रहा है मार्केट में हो क्या रहा है बट ट्राई करेंगे कि आज आपको बेसिक से चीजें समझ आए so, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने की जरूरत क्या है मैंने आपको बताया था कि आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो दोनों ही सर्कमस्टांसिस में आपको दो तरह की एनालिसिस करनी जरूरी है एक फंडामेंटल एनालिसिस जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है आई बटन पर लिंक है आप जाके देख सकते हैं दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस अब टेक्निकल एनालिसिस में आपने जब प्राइस एक्शन सुना आपने कैंडलस्टिक सुना बट आपको पता नहीं कैसे काम करता है सो so, आज हम ये कैंडलस्टिक्स के पैटर्न क्या होते हैं इसे समझने वाले हैं। बट पैटर्न क्या होते हैं उससे पहले हमें ये तो पता हो कैंडल्स होती क्या आपने कुछ इस तरीके से चार्ट पर देखा होगा ना वट इज दिस इसे हम कैंडल बोलते हैं इसे कैंडल क्यों बोलते हैं अच्छा है, मोमबत्ती जैसा लग रहा है इसलिए इसे कैंडल बोलते हैं और सो right. so, ये चीज है क्या इससे पता क्या लगता है जो कैंडल सिक्स के बेसिक्स को मैंने कवर किया था उसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है अगेन आई बटन पे लिंक है आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हो बट फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ देखो जो ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल आपने जनरली देखी होगी या फिर आपने व्हाइट या ब्लैक भी देखी होगी खासकर फॉरेक्स मार्केट के अंदर सो व्हाइट इज फॉर ग्रीन ओनली एंड जो ब्लैक होती है वो रेड के लिए ही होती है पहले व्हाइट एंड ब्लैक चलती थी अभी चेंज हो गया तो अभी कलरफुल हो गया जमाना ब्लैक एंड व्हाइट टी चले गए कलरफुल टी आ गए तो अभी यहाँ पे जो व्हाइट कलर की कैंडल है अभी आपको पता लगेगा मैं व्हाइट और ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ जब पैटर्न के बारे में बताऊँगा तो आपको समझ आएगा ठीक है तो जो ग्रीन कैंडल होती है यहाँ पे मैंने बुल बनाया हुआ है सो so, अभी आपको याद रखना है अभी पूरा जो ये ट्रेनिंग चलेगा इसमें यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड साइड है आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर मुझे नहीं पता सो so, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ मेरा जो राइट हैंड साइड है इस पर मैंने बुल लिया हुआ है तो जितनी भी कैंडल्स या पैटर्न इस तरफ होंगे मेरे राइट हैंड साइड पर होंगे वो सारे के सारे बुल होंगे ठीक है मतलब बुलिश होंगे बुलिश का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी प्राइस ऊपर जाएगा ठीक है और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है ये मैंने बेरिश लिया हुआ है बियर लिया हुआ है इसका मतलब है अभी मैं जो भी आगे बताऊंगा आपको जितनी भी कैंडल्स के पैटर्न्स बताऊंगा आपको वो सारे मेरे लेफ्ट एंड साइड पर अगर हैं तो वो बेरिश होंगे अब यहाँ पे शुरू करते हैं यहां पे मैंने कैंडल दिखाई हुई ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल का सिंपल सा मतलब ओपन है, है। सौ रुपए पे, पे, पे वो गई कहां तक ऊपर कहां तक गई मान लेते हैं वो एक सौ बीस रुपए तक गई वो हाई था एक सौ बीस हाई ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं आपको समझ भी आएगा सो मैं आपको जो बता रहा हूं थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट आपके बेसिक सारे क्लियर थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी है। एक so, एक प्राइस मान लेते हैं, 100 पे शेयर ओपन हुआ, वो 120 तक गया, 115 पर आके क्लोज हो गया और उसने जो लो मारा वो 95 का मारा सो so, अब आपको इसमें चार चीजें दिख रही हैं, कि जब मार्केट ओपन हुई थी तो प्राइस सौ था पूरे दिन में यह अगर मान लेते हैं एक दिन की कैंडल है तो कैंडल एक दिन की हो सकती है एक मिनट की हो सकती है पांच मिनट की हो सकती है दस मिनट की हो सकती है सो so, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाकर आप जिससे भी ट्रेड करते हैं वहां पर जाके आप चेंज कर सकते हैं ठीक है आप टाइम चेंज कर सकते हैं तो टाइम फ्रेम जो लेंगे उसके हिसाब से आपको दिखेगा तो अगर ये एक दिन की कैंडल है तो सौ रुपये प्राइस खोला था शेयर का एक तक गया एक पर जाकर मार्केट बंद हो गई और उस दिन नीचे भी गया था शेयर नाइनटी तक तो इससे हमें पता क्या लगा कि सौ रुपए से बढ़कर प्राइस पहुंच गया हमारा 115 पे ये हमें हमारी ने दिखाया सिमिलरली जो आपकी रेड कैंडल होती है ये ओपन ऊपर होती है मतलब प्राइस यहां पे सौ रुपए पे ओपन हुआ था हाई कितना गया था मान लेते हैं 110 तक गया था हाई था ये अब वो जब क्लोज हुआ तो 90 रुपीस पे हुआ। और जो उसका लो था वो एट्टी फाइव का लो था एग्जाम्पल के लिए तो बॉडी ऊपर तो जो, जो आपको दिख रहा है इसे आप शेडो बोलो या विक बोलो हम दोनों ही बोल सकते हैं परछाई पड़ी थी बट अब नहीं है वो रियालिटी में बॉडी ही है बीच में ठीक है एंड सिमिलरली नीचे भी हमें विक दिख सकती है हो सकता है ऐसी बहुत सारी कैंडल्स हैं, जिसमें आपको विक बहुत लंबी दिखे।, दिखे ही ना तो वो क्या होता है अब धीरे-धीरे समझेंगे आप, वो उसे क्या पता लगता है कैसी कैसी कैंडल्स बन सकती है? उनके क्या -क्या है वो आप समझने वाले तो इन्हीं के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं जो आपको कुछ बताने के लिए मतलब आपको एक इंडिकेशन देर से निकले अपने ऑफिस के लिए और आपको दिख रहा है कि बादल बहुत सारे छा गए अब बादल अगर आपको दिख रहा है यार काले बादल छा गए हैं तो अब आप क्या सोचेंगे आपके मन में क्या आएगा अगर काले बादल हैं तो भैया बारिश हो सकती है तो सिमिलरली आपने बादल देखे जिससे आपको पता लगा कि बारिश हो सकती है सिमिलरली जब आप कैंडल स्टिक्स के पैटर्न देखते हो तो पैटर्न देख के क्या पता लगता है कि हो सकता है बादल दिख रहे हैं बारिश हो सकती है एक और एग्जाम्पल ले दें आप घर से निकलते हो ठीक है आप रोज अपने ऑफिस के लिए निकलते हो रोज तो नहीं बट हफ्ते में दो तीन बार आपको गली का एक डॉगी दिखता है बट वो डॉगी आपको पता पागल है वो किसी को भी काट लेता है बहुत तेज तेज भोगता है और काट लेता है जो निकलता है उसे दिख जाता है उसे काट लेता है बट वो आपको रोज नहीं मिलता वो आपको हफ्ते में दो या तीन बार ही मिलता है बाकी टाइम आपको नहीं भी मिलता अब आप अपने घर से निकले हो अब आपको डॉगी दिख गया है वह आपकी तरफ देख रहा है हो सकता है वो आपको काट ले हो सकता है वो आपके ऊपर आके तो अब आप थोड़े ज़्यादा सतर्क हो हो जाओगे या नहीं होगे बिल्कुल हो जाएंगे अगर हम सतर्क नहीं होते और बिल्कुल सीधा सीधा उस डॉगी के सामने से निकल जाते हैं तो हो सकता है बेवकूफी कर रहे हो हमें वो डॉगी काट ले और लोगों के साथ ऐसा होता है वो पैटर्न को देख रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं पैटर्न काम कैसे करते हैं ये कौन सा पैटर्न है और वहां पे लोग स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करते हैं तो ऐसी चीज बादल को देख के पता लग रहा है भैया छाता लेके घर से निकलना है और हम नहीं निकल रहे तो हम बेवकूफी कर रहे हैं ये पैटर्न्स आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं कि आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है सो अब उसकी कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए और हम इन पैटर्नस को अपने फेवर में यूज करें तो हमें डेली प्रॉफिट हो सकते हैं Getting it. तो यहां तक तो हमारी फिलोसफी हो गई अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कवर करेंगे सिंगल कैंडल स्टिकन अब कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर भी एक सिंगल कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है दो कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है और तीन या तीन से ज्यादा कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है तो एक ही दिन में सारे पैटर्न्स आपको समझाना बहुत मुश्किल है और आपको भी नहीं समझ आएगा ऊपर से निकलेगा आपके क्योंकि इतना सब कुछ मिल जाएगा तो दिमाग के ऊपर से जाएगा कवर सारे सो वट यू नीट टू डू आज की आप ये वीडियो देखिए आप सीखेंगे उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए आप मार्केट में टेस्ट कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है इसी चैनल पर आपको दूसरा एपिसोड और तीसरा एपिसोड भी मिल जाएगा उसके लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए एंड जो आज आप सीखोगे सिर्फ सीखोगे सुन लोगे वीडियो देख ही भूल जाओगे आपको उसे प्रैक्टिस भी करना आज जो आप सीखने वाले हो ना उसे आप एक्चुअल पे चार्ट में देख सकते हो आप उन पैटर्न्स को बनता हुआ देख सकते हो आप ट्रेड करो ना करो बट टाइम ज़रूर लगाना देखो हम बहुत कुछ सीखते हैं आप ऑफिस जाते हो नौ से छः में वहाँ टाइम लगाते हो ना स्कूल का भी टाइम होता था कॉलेज का भी टाइम होता था यहाँ पर आपके लिए स्टॉक मार्केट सवा से साढ़े खुली हुई है तो आप उन पैटर्न्स को आंखों से बनता हुआ देखो आप पेपर ट्रेड करो कि अगर आपने पैसा लगाया पेपर मान लेते हैं आपने दस शेयर खरीदे या आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करा आपने कुछ भी किया तो उसमें अगर आप पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करते तो क्या आपका प्रॉफिट होता या लॉस होता लॉस होता तो क्यों होता प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ आप पेपर ट्रेड कर सकते हो नाउ लेट स्टार्ट स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं so, यह हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न पैटर्न है है है है है है अब अब ये ये ये जो जो हम पर देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं क्या आपको आपको देख रहा है यहां है, है? So, आपको रहा भैया पे कैंडल कैंडल कैंडल ठीक सो एक दिख रही है। अब ये थोड़ी सी अलग है, जो हमने पहले डिस्कस उसकी बॉडी बॉडी बहुत बड़ी थी बट इसकी थ्री टाइम्स बिगर अब अगर आपको शेडो बड़ी दिख रही है और ये बॉडी बड़ी छोटी सी है ऊपर छोटा सा विक आपको दिख रहा है ये क्या है मैं कह रहा हूँ ये पैटर्न है अब ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है नीचे मैंने नाम दिया हुआ है इसे हैमर बोलते हैं क्या आपको ये हैमर की शेप का दिख रहा है हथौड़ा जो होता है क्या आपको उसकी शेप का दिख रहा है आप कहोगे हाँ ये हथौड़ा जैसा तो दिख रहा है अब ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है तो ये भी तो हथौड़ा जैसा दिख रहा है ये भी तो हैमर है आप कहोगे सर ये हैमर है भी और नहीं भी है अब मैं आपको बोल रहा हूं ये है भी और नहीं भी है मैं आपको बताता हूँ क्यों अब यहां से चीजें ना सरल कर रहे हैं आपके लिए इजी कर रहे हैं समझने के लिए आप चार्ट पर देखते हो कि भैया कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई है इस तरीके से भी बन सकती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे जो भी ये तीन एपिसोड होने वाले ना इन तीनों एपिसोड का जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है आप उसे समझ लीजिए आप देखते हो जब चार्ट आप देखते हो आपको कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं आपको दिखता है इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है आपको बहुत सारी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं आपको क्या ध्यान रखना है आपको ट्रेंड के बारे में आई होप अभी तक पता होगा अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता अगेन आई बटन पे क्लिंक दे दूंगा उसमें जाके आप देखिए और समझिए ट्रेंड क्या होता है सो अप ट्रेंड क्या होता है डाउन ट्रेंड क्या होता है साइड ट्रेंड क्या होता है यू नीट टू अंडरस्टैंड दिस तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है उसे अप ट्रेंड कहते हैं नीचे जा रही है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं और मार्केट अगर तो मार्केट टूट रही थी नीचे आ रही थी अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा ये आपको हो सकता है कैंडल स्टिक पैटर्न बताएं तो यहां पर हमारे सामने एक कैंडल स्टिक है जिसे हम बोल रहे हैं अब मैं आपको जो बता रहा हूं मैंने बोला तीनों एपिसोड में काम आएगा आपके वो ये है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो आपके डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जब जा रहा है और नीचे की तरफ जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है वो भी लेफ्ट एंड साइड पे जो अभी हम बताने वाले मेरे राइट हैंड साइड यहां से आपके लेफ्ट एंड साइड हो सकता है सो so, जो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूँ जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे जितने भी यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में वो सारे डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए नीचे की तरफ वो चार्ट के बॉटम पे बनेंगे चार्ट के बॉटम पे बनेंगे और यहां से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है ये आपको बताएंगे Bullish, और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये uh, just wait for a while, इसे मुझे बंद करना पड़ेगा ये so, ये इस तरीके से देखिए चार्ट के बॉटम पे ये बॉटम हो गया राइट चार्ट के बॉटम पे डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम पे जो बनेगा वो होंगे बुलिश ओके okay? एंड जो आपको दिखेंगे चार्ट के ऊपर मतलब इस तरीके से यहां पे जो आपको एक अप ट्रेंड पर दिखेंगे वो होंगे बेरिश आपको बस अभी इतना पता होना जरूरी था तो so, अब दोबारा से हम हैमर और हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है अब समझते हैं मैंने बोला ये बुलिश है ये बुलिश है इसका मतलब क्या है अगर आपको दिखता है कि चार्ट पे, वो भी बॉटम पे आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है इसका मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्स हो सकता है यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है आपने देखा नीचे आ रही थी मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ पे आपका बन गया है हैमर और हैमर जब बन गया तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है ये आपको बता रहा है हैमर अब ये भी आपको हैमर जैसे ही लग रहा है बट इसका नाम अलग है हैंगिंग मैन अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप जो भी अभी नाम सुनने वाले हैं ना इसकी जो खोज हुई है डिस्कवरी हुई है वो जापान में हुई थी तो भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे आपको जापानीज़ डिक्शनरी से ही वर्ड मिलने वाले हैं सो तो अभी हैंगिंग मैन जापानीज़ लोगों ने क्यों रखा है क्योंकि ये तो आपको हैमर जैसा दिख रहा है ये हैमर जैसा उनके अकॉर्डिंग नहीं है ये है एक आदमी एक मरा हुआ आदमी जो लटका हुआ है आपने अगर जीजस क्राइस्ट को भी देखा हो तो हाथ ऐसे हैं वो सीधे हैं तो जो हमारा क्रॉस होता है वो कुछ इस तरीके से भी होता है तो यहाँ पे जो हैंगिंग मैन है ये क्या बता रहा है ये बताता है कि भैया अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी आप ट्रेंड में थी ऊपर जा रही थी और यहां पर जाके आपका हैंगिंग मैन बन गया यहां पे अगर हैंगिंग मैन बना है तो यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अब ये आपको समझ आ गया जो बुलिश बनेगा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा जो बेरिश बनेगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा और ये इसके लिए नहीं है ये सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के लिए नहीं है अभी जितने भी पैटर्न की हम बात करने वाले हैं सबके लिए सेम है क्योंकि ऐसी ऐसा बहुत बार होता है अगर आप चार्ट को देखते हो तो ट्रेंड के बीच में भी आपको बनते हुए दिखेंगे आ, इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हम कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं दूसरी चीज अगर ये सेम अगर आपको यहां पे हैमर जो आपको दिख रहा है आपको हैमर ऊपर की तरफ दिख टॉप पे बनता हुआ तो इसका मतलब ही अलग हो गया हैमर जब बॉटम पर बनेगा तभी उसे हैमर बोलेंगे दरवाइज उसका सिग्निफिकस ही बदल गया वो हैमर रहा ही नहीं वो हैंगिंग मैन बन गया दूसरी चीज एक और चीज इंपॉर्टेंट है कलर मैटर नहीं करता यहां पे आपको ये कलर दिख रहा है ग्रीन कलर ग्रीन कलर की कैंडल है जरूरी नहीं है अगर बॉटम पे बन रही है और हैमर ही बन रहा है और वो अगर रेड कलर का भी बन जाए सो इट ड मैटर एट ऑल ठीक है वो मैटर नहीं करता सेम यहां पर हैंगिंग मैन है यह अगर टॉप पे बन जाए और ग्रीन कलर का भी कैंडल बन जाए सो इट डजेंट मैटर So, अभी आपने क्या समझा एक तो आपने देखा कि जो यहां पे शेडो है ये कम से कम यहां पे वैसे तो तीन गुना से ज्यादा दिख रही है बट कम से कम दुगनी होनी चाहिए तभी उसे हम हैमर बोलेंगे यहां पर भी हैंगिंग मैन के लिए कम से कम दो गुना अगर हमारी शेडो होगी हम तभी बोलेंगे अगर ये शेडो सिर्फ यहां तक की होती तो फिर हम इसे हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे अगर ये सिर्फ यहीं तक की है तो हम इसे हैमर नहीं बोलेंगे कम से कम दो गुना होगी तब और तीन गुना ज्यादा है तो और बेहतर हमें पता लग रहा है इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हो ठीक है सो किस तरीके से आपको हैमर बनता देखेगा। और उसके बाद आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो तो आपने देखा कि मार्केट नीचे थी, में थी। यहां पे एक हैमर बना है जस्ट लोकेट दिस यहां पर जो आपका हैमर बना है यह मैंने बोला था कलर मैटर नहीं करता रेड कलर का बना है बट इट मैटर रेड कलर का बना है तब भी ये है, हैमर ही है अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है अगली अगर कैंडल हैमर के बाद हैमर से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है मैं दोबारा बोल रहा हूं हैमर के बाद हैमर बन गया आपका हैमर के बाद अगली कैंडल देखो अगर अगली कैंडल हैमर के हाए से ऊपर हाए से ऊपर जाके क्लोज हो रही है तभी आप उसके अंदर एंट्री लेंगे तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी इसके क्लोज पर होगी कुछ यहां पे आपकी एंट्री होगी और आप स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे? आप हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है बिकॉज बादल हैं गरज रहे हैं काले बादल हैं बारिश हो सकती है अस्सी पचासी परसेंट नब्बे परसेंट चांस है कि बारिश हो सकती है 10 परसेंट ना भी हो तो हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न काम ना भी करे। बट अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो 10 ट्रेड ले रहे हो और आठ में नौ ट्रेड में आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं वेल एंड गुड मेक मनी बट आपको मान के चलना है भैया एक परसेंट में स्टॉप लॉस हेट हो सकता है तो कोई इशू नहीं है आपको अभी तक मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेश के बारे में बताया हुआ है सो so, आप रिस्क रिशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए एंट्री अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक लगा हुआ है सो so, भैया सिर्फ वेट करो अगर आपने ठीक तरीके से क्या कर ली इन चीजों को तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो मतलब जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप प्रॉफिट बनाओ ना जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं सिग्नल मिल रहे हैं नए कैंडल्स एक पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं तो उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन देख रहा है तो वहां पर हम जाकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे So, आप समझ रहे आई होप योर अंडरस्टैंडिंग मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ आए चीजें तो अभी आपने सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में समझा है अभी बहुत सारे कैंडल स्टिक हैं हम आगे बढ़ते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा सो so, यहां पर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए सो so, यहां पे मैंने हैंगिंग मैन के लिए एग्जाम्पल लिया है कि आपने हैमर बनता हुआ देखा अब देखो उल्टा हो रहा हैं हैंगन यहां पर ग्रीन बन रहा है ग्रीन बन रहा है बट कलर मैटर मैंने आपको बताया कि कलर मैटर नहीं करता उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया यहां पर आपको देख रहा है, कि जा रही है। so, आपको हजारों स्टॉक्स हजारो में रोज कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए देखेंगे अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग कैंडल स्टिक बन रहे बट आपको नहीं पता था अभी तक इनके बारे में सो so, आज आप सीख रहे हो राइट अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार की अब ये क्या चीज है अभी तक हमने हैमर देगा हथोड़ा है। ये हमने हथोड़े को उल्टा कर दिया सो इसे हमने नाम दे दिया इनवर्टेड हैमर अगर आपको चार्ट इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है आप कहां पे दिखेगा जल्दी बताओ ऊपर दिखेगा चार्ट पे या आपको चार्ट के बॉटम पे दिखेगा आपने बिल्कुल सही बोला अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है ये क्योंकि मैंने बोला इन्वर्टेड हैमर मैंने बुलिश साइड पर रखा हुआ अगर बुलश है तो हमेशा चार्ट के बॉटम पे ही दिखेगा आपको हमेशा चार्ट के कहां पे दिखेगा बॉटम पे बनता हुआ दिखेगा एंड यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है ऊपर जा सकता है सो so, बॉटम पे अगर बन रहा है तो इट मींस कि ये आपका इन्वर्टेड हैमर है right? अगर ये टॉप पे बन रहा है अगर आपको दिख रहा है कि यह भैया टॉप पे बन गया यहां पर बन गया सो so, यहां पर अगर आपको बन गया इन्वर्टेड हैमर तो उसे इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे इसे फिर हम शूटिंग स्टार बोलेंगे एंड शूटिंग स्टार अगर आपको बनता हुआ उसके बाद क्या होगा ट्रेंड चेंज हो सकता है मार्केट ऊपर जाने की जगह यहां से चेंज हो सकता है ट्रेंड तो यह आपको पता लगा के बारे में। right, आप पे किस तरीके से दिखता आपको पता लग गया इनवर्टेड है और आपका हैंगिंग मैन एक जैसा दिख रहा है अभी एक जैसा दिखने में भी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को अभी आपको हो सकता है बेस से चीजें समझ आ रही हूं अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आपको चार्ट पे दिखाते हैं किस तरीके से आपको इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखता है तीन गुना से भी कई ज्यादा है यहां पर आपको ट्रेंड दिख रहा है ट्रेंड नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको आपको दिख रहा है चार्ट के बॉटम पर आपको क्या दिख रहा है इनवर्टेड है कलर डर उसके बाद क्या हुआ बूम This ज वट यू हैव सीन तो यहां से मार्केट ऊपर चली गई यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया दिस इज वट यू है आपको डेली हैमर इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार हैंंग मैन अभी तो हमने चार ही पैटर्न के ऊपर बात करी भी है भी बहुत सारे वाकई है ये आपको डेली बनते हुए देखेंगे All राइट right, आगे बढ़ते हैं नाउ लेट स्टॉक अबाउट हमारा जब शूटिंग स्टार बनता है तो वो किस तरीके से बनता है यहां पर आप देखिए अगेन एक एग्जाम्पल आपके लिए कहां पे बनेगा चार्ट कहाडो तो दिख, दिख, दिख रही है अब आपको कंफर्मेशन कैसे हुआ कि आपको एंट्री लेनी है आप देखेंगे जो आपका शूटिंग स्टार है जो कैंडल बनी थी उसका लो क्या था आपने लो देख लिया था जब शूटिंग स्टार का जो लो था उसके नीचे अगली कैंडल आके क्लोज होती है तो आपके लिए कंफर्मेशन हो गया यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा अब यहां से एंट्री लोगे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा एंट्री तो समझ आ गया जो दूसरी कैंडल का आपका क्लोज है वो आपका एंट्री के लिए बिल्कुल ठीक पॉइंट हो गया एंट्री समझ आ गई बट हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा आप बताइए जल्दी से जो आपका शूटिंग स्टार का हमारा हाई गया था वो हमारा स्टॉप लॉस है वहां पर तो एंट्री और स्टॉप लॉस समझ आ रहा है रहा है तो लाइक कर दो यार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट right, हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक स्टिक पैटर्न चल रहे हैं आपने डोजी के बारे में बहुत सुना होगा समझ नहीं आता है जो डोजी होता क्या है देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें एक चीज बताते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में चल के रहा है मार्केट में बायर्स है मार्केट में सेलर्स है ये आपको पता है मतलब बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं बहुत सारे लोग उनके पास स्टॉक है जो बेचना चाहते हैं अब डोजी क्या बताता है डोजी कुछ इस तरीके से बनता है ये जो आपका प्लस का निशान बनता है आपको बहुत बार दिखेगा कुछ इस तरीके से आपको डोजी बनता हुआ दिखेगा अब ग्रीन और रेड कैंडल उनके बीच में ब्लैक कलर का बन जाता है जब हमारा डोजी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह होता है कि जो बायर्ड है उन्होंने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए जल्दी से बताओ स्कैंडल के अंदर हाई क्या है? ये हमारा हाई है ये हमारा लो है तो बायर्स ने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए बट सेलर्स ने भी उतनी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेके जाने के लिए तो यहां तक हाई गया यहां तक लो गया बट बीच में ही आके जहां से ओपन हुआ था वहीं पर आके क्लोज हो गया इसका मतलब है कि आज दोनों ने बराबर का मुकाबला किया है बायर्स ने भी पूरा जोर लगाया सेलर्स ने भी पूरा जोर लगाया और एंड में हमें मिलता है डोजी तो डोजी कब मिलता है जब बायर्स और सेलर्स जोर लगाते हैं तो स्टैंडर्ड डोजी हो गया अब डोजी का जब नाम चेंज हो जाता है नाम कैसे चेंज हो जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी ये ड्रैगन फ्लाई जैसा अगर आपको देख लो ये सारे लोगों ने नाम रखे हैं। तो आपने देखा होगा। अब आपको ऊपर है, है आप छोटी सी बॉडी हैलर की भी हो सकती है यह अगर बहुत छोटा सा आपको देखेगा कि ओपन और क्लोज प्राइस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो यहां से ओपन हुई यहीं पे क्लोज हो गई तो अभी ड्रेगन फ्लाईन फ्लाईन तो यहां पर पूरी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेकर जाने के लिए और इसने लो मारा सत्तर रुपए का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको सेवनटी रुपीज तक नीचे आ गया आपको लगा यारीचे तो आ गया बट उसके बाद बायर्स ने दोबारा से स्टॉक को ऊपर लेके गए और जो ये क्लोज हुआ फॉर एग्जाम्पल एक रुपए पे हुआ तो अब यहां पर क्या पता लग रहा है कि यहां पर हावी कौन हुआ सेलर्स ने कोशिश पूरी करी कि वो नीचे लेकर आए बट बायर्स स्ट्रांग थे तो बायर्स ने इसे नीचे क्लोज नहीं होने दिया वो हुआ पॉजिटिव में ही जाके क्लोज है 105 हो गया 101 हो गया 102 हो गया एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपका बनता है ड्रैगन फ्लाइट हो इससे पता क्या लगा आपको कि स्ट्रॉन्ग कौन था बायर था तो यहां से होने क्या वाला है तो यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है एंड डोजी कभी भी बन जाता है वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब डोजी बनता है तो डोजी एक इंडिकेशन हो सकता है कि ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है क्योंकि दोनों ही लगे पड़े बायर्स और सेलर्स दोनों ही लगे पड़े हैं तो डोजी जब आ जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं और ड्रैगन डोजी बता रहा है कि भैया जाएगा अब यहां पर आ गया ग्रेवस्टोन डोजी अब ग्रेवस्टोन आपको पता होगा जब एक इंसान मर जाता है तो आपने देखा होगा कब्र पे एक पत्थर लगा होता है ये जापनीज लोगों ने उसी के ऊपर नाम रखा है ग्रेवस्टोन मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है सो ये बेरिश कैंडल पैटर्न है अब ये क्या बता रहा है इसे देखिए अब आपको पता है कि जब हमारी रेड कलर की कैंडल होती है तो रेड कलर की कैंडल में प्राइस ऊपर से ओपन होता है अब ये क्या बता रहा है कि प्राइस तो यहाँ पे ओपन हुआ था मान लेते हैं ये सेवेंटी रुपीज़ पर ओपन हुआ था उसके बाद बायर्स ने पूरी कोशिश करी इसे ऊपर लेके जाने के लिए ये यहाँ पर सौ रुपये ले गए हाईस ने हमारा सौ का बट उसके बाद जो सेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे जब सेलर स्ट्रोंग थे वो प्राइस को नीचे ले आए और ये क्लोज हुआ 65 पे आके तो जब 65 पे आके क्लोज हुआ इसका मतलब क्या है प्राइस तो नीचे गया बट वो गया कहां तक था वो सौ तक गया था कोशिश पूरी करी बायर्स ने बट कंट्रोल किसने ले लिया सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया जब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो सकता है यहां से प्राइस गिर सकता है तो गिरने पे भी मैं प्रॉफिट होता है यू ऑलरेडी नो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप फायदा कमा सकते हो आप पुट खरीद सकते हो अगर आप बाय करते हो आप सेल करते हो तो ऑलरेडी यू नो अबाउट रेडियर राइट आपको इंटर के अंदर भी बताया कि आप शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो सो so, आप इसका भी प्रॉफिट ले सकते हो फायदा ले सकते हो अगर आपको पता हो कि ग्रेवस्टो डोजी बन रहा है अब आपको क्या समझ आया कि भैया टॉप पर ट्रेंड के टॉप पर आपको ग्रेव डोजी बनता हुआ देखा यहाँ से मार्केट डिवर्स जा सकती है So now you understood about Gravestone Doji. अब इसे हम चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में किस तरीके से बनता है Let me show you. So अब पर क्या देख सकते हैं कि आपको एक बहुत छोटा सा दिखता है में उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ पे बन गया ये ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है है, का बना है। आपको था, कलर डर आपका जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा का का ही बने भी दिया। बट इसके बाद आपको, क्या दिखता है? आपको दिखता है है कि भैया प्राइस तो ऊपर क्या सो so, यह आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न एक इंडिकेटर था कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है इनफैक्ट आपको यहां पर प्राइस का एक बुलिश मूवमेंट दिख सकता है जो दिखा भी सिमिलरली हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाते हैं तो स्मॉल पुल बैक पे था यहाँ पे अगेन जब मैंने बोला था डोजी आपको बनता हुआ दिखेगा ये आपको क्रॉस के साइन का दिख रहा है इसका लेग बहुत लंबा है बट वट डू यू सी इट इज़ ए ड्रैगन फ्लायर डोजी यहाँ पे जो ये शेडो है बहुत लंबी दिख रही है आपको बॉडी बहुत छोटी सी डोजी में जनरली ऐसा ही होता है तो यहाँ पर जो ये आपको दिखा है अगर ये आपको दिख रहा है चार्ट के बॉटम पर तो ये क्या होगा यह बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होगा यहां से की तरफ चला गया। क्योंकि यहां पे आपको पहले से, कि से ट्रेड रिवर्स होता है बट जब वो आपको दिखता है कि भैया आपको चार्ट के बॉटम पर दिख रहा है और इस तरीके का एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और वो भी तो आप क्या देखोगे जो आपका डोजी था उसके हाई के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए जो कि यहां पर हुई सो दिस कुड बी योर एंट्री आप एंट्री यहां से ले रहे हो कंफर्मेशन के बाद और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा आप इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए जो आपका ड्रैगन फ्लाई का कैंडल बना था उसके नीचे का जो लो था अब लो का स्टॉप लॉस लगाइए मजा आ रहा होगा हो होंगी एक और मैं आपको दिखाता हूं हमने बात करी थी यहाँ पे ग्रेव डोजी की सो so हम ग्रेव डोजी का एग्जाम्पल लेते हैं आपको क्या देखा आपको सबसे पहले देखा कि जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ था देन यू सो अ ग्रेवस्टोन डोजी ग्रेव डोजी देखा बूम आपको देखा कि प्राइस नीचे की तरफ आ गया सो so ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स अब देखो पता क्या है क्या चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अभी आप ये एक तरीके से थ्योरी ले रहे हो बात को समझना ये भी सब कुछ थ्योरटिकल चल रहा है सुनने में देखने में बड़ा इजी लग रहा है बट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ जब आप रियल में ट्रेडिंग करते हो ना तो चीज़ें अलग हो जाती हैं आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है तो ये सिर्फ सुनने से आप पैसे कमाने वाले हो इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है आप सुनकर अप्लाई करोगे प्रैक्टिस करोगे क्योंकि वीडियोस देखना और रियल ट्रेडिंग करने में बहुत फर्क है जमीन आसमान का फर्क है। so, सो वीडियोस देख के, आप बहुत पैसा कमा लोगे नॉट पॉसिबल हां आपको जब एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी नॉलेज प्रैक्टिकल होगी देन यू कैन मेक मनी सो मैं आपको आज बता रहा हूं कि भैया ये सब कुछ सीखने के बाद चार्टेन पैटर्न को देखना है उसके बाद आपको पेपर ट्रेड भी करना है एंड इसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाना है सो आई होप यू आर लर्निंग सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैंडल पैटर्न हमें बड़ी जल्दी से अब दो ही रह गए हैं तो हम सिंगल कैंडल पैटर्न्स को एक बार ओवर करेंगे uh, मेरी पीपीटी में दो रह गए हैं तो बहुत सारे मैं आपको बताऊँगा कि अभी ये दो और क्यों हैं और आपको और क्या क्या करना है आई जस्ट टेल यू बने रहिए पूरी वीडियो देखिए सो so यहाँ पर अगेन बेबलेट चलाए होंगे तो वो जो लट्टू होता है वो उसके ऊपर नाम रखा है जापनीज लोगों ने स्पिनिंग टॉप अब यह बुलिश क्यों है बुलिश ये तब होगा जब यह चार्ट के अगेन आपको दिख रहा है कि बॉटम पे बनेगा तो ये बुलिश होगा यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और जब ये चार्ट के टॉप पे बॉडी तो right. बीच में एटलीस्ट तो दो, गुना हो, दो गुना नीचे हो, तो ही हम इसे स्प्रिंग टॉप बोलेंगे अगर आपको उससे कम दिख रहा है तो इट कुड नॉट बी अ बुलिश स्पिनिंग टॉप इट कुड बी बट इट कुड नॉट बी तो चांसेस ज़्यादा तब हैं जब ऊपर जाने के जब दो गुना से ज़्यादा बॉडी के कंपैरिजन में विक या शेडो बड़ी हो अगर ये तीन गुना या चार गुना होती है तो हमारे लिए और बेहतर हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये हमारे लिए कैंडल पैटर्न सिमिलरली यहाँ पर भी आपको जो बॉडी के कंपेरिजन में कम से कम दो गुना तो हमें शेडो चाहिए अब आपको क्या दिख रहा है कि भैया ओपन यहां से हुआ क्लोज यहां पे हुआ सिमिलरली ओपन यहां पे हुआ क्लोज पे हुआ तो बॉडी बहुत छोटी सी है आपको विक और जो आपका शेडू है तो चार्ट पे आपको दिखा कि बॉटम पे मैंने हमेशा बोला बॉटम पे जो बनेगा वही बोले में जो बनेगा बॉटम पर आके आपको यहां पर दिखता है डोजी में ज्यादा बड़ी बॉडी होती ही नहीं है बट यहां पे आपकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है दैट अ डिफरेंस सो यहां पे आपका एक स्पिनिंग टॉप बना और जब स्पिनिंग टॉप बना तो उसने घुमा दिया यहां से ट्रेंड को एंड ट्रेंड आपको दिखा ऊपर जाता हुआ जस्ट लाइक दिस सो यहां पर अगर आपने इसे आइडेंटिफाई करना सीख लिया यू कैन मेक मनी सिमिलरली आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट स्पिनिंग टॉप जो आपका बेरिश होगा जब ये चार्ट के आपको ऊपर की साइड बनता हुआ दिखता है आपको दिखा कि भैया अपट्रेंड था अपट्रेंड के बाद आपको स्पिनिंग टॉप दिखा देन प्राइस यहां से नीचे जा सकता है ऑल सो right. so, ये आपको अगेन स्पिनिंग टॉप यहां पर दिख गया आपको बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट टू टाइम्स आपकी ऊपर और नीचे शेडो होनी चाहिए एटलीस्ट टू टाइम्स सो दिस इज वोट यू हैव लर्न सो लेट्स टॉक अबाउट आज का जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर जिसका नाम है बुलिश अब मारू बूजू का मतलब होता है डोमिनेस ताकतवर किसी के अंदर जब ताकत होती है तो जापनीज के अंदर उसे मारू बूजू बोलते हैं यहां पर आपको अलग क्या दिख रहा है लेट स्टॉक अबाउट दिस ये जो कैंडल है इन दोनों ही कैंडल स्टिक में आपको दिख रहा है कि भैया इसकी ऊपर शेडो नहीं है यहां पे, कोई इस तरीके से, यहां पे विक नहीं है जनरली जब मारू बनता है तो वो बहुत छोटी सी होती है छोटी सी होगी तो हो अदरवाइज नहीं होगी वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी या बेरिश कैंडल होगी तभी हम उसे बुलिश मारूबूजू बोलेंगे बेरिश मारूबूजू बोलेंगे राइट right. तो यहां पे विक नहीं होगी या फिर बहुत छोटी सी होगी किस तरीके से हो सकती है अगर अगर होगी तो किस तरीके से होगी मैं आपको दिखा देता हूं अगर मारू फुल है, तो उसके अंदर अगर कोई भी नहीं है, तो इस तरीके से यहां से ओपन हुआ प्राइस ओके यहां पे जाके क्लोज हो गया बट इसका लो जो था वो भी ओपन प्राइस का ही लो था मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुई उससे नीचे स्टॉक गया ही नहीं और जहां पे क्लोज हुआ उससे ऊपर गया ही नहीं तो ये हो गया हमारा कंप्लीट या फुल मारुबुजू अब ये ओपन मारुबुजू क्या है पहली बात तो देखिए जो आपको यहां पर दिख रहा है कि जो शेडो है बहुत छोटी सी है शेडो अगर लंबी होगी दोनों ही केसेस में ओपन मारुबुजू में क्लोज मारुबुजू में तो फिर ये मारूबूजू है ही नहीं अब यहां पर आप देखिए ओपन मारूबुजू का मतलब क्या है कि यहां से प्राइस हमारा ओपन हुआ बट इसने लो नहीं बनाया जो ओपन प्राइस था वही लो प्राइस था उसके बाद हाई तो क्या बायर्स ने पूरी कोशिश करी सेलर्स ने भी थोड़ा सा जोर लगाया थोड़ा सा नीचे ले आया प्राइस को तो इसे हम ओपन मारू बोलेंगे अगर ये बुलिश है तो बिरिश में क्या होगा कि इसने हाई नहीं बनाया जो इसका ओपन प्राइस था ओपन ऊपर होता है रेड कैंडल में अगर जब यह क्लोज हुआ तो लो तो बनाया इसने बट लो के पास ही जाके क्लोज हो गया इसने हाँ नहीं बनाया। अगर हाई बना देगा तो फिर वो मारू ओपन कैंडल नहीं कराएगा वो क्या, इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर आप देखें बुलिश क्या कह रहा है? कि ओपन तो यहां पे हुआ इसने एक लो बनाया सेलर्स ने हिम्मत करी थोड़ा सा लो लेकर आया प्राइस को बट उसके बाद पायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे डोमिन मतलब क्या है ताकत। उसने ताकत दिखाई और यहां पर आगे क्लोज कर दिया प्राइस को So, यहां पे क्या हुआ कि आपको एक स्ट्रॉग अपवर्ड मूवमेंट दिखा सिमिलरली अगर हम बेरिश मारूबूजू क्लोज की बात कर रहे हैं तो प्राइस यहां पर ओपन हुआ थोड़ा सा बायर्स ने ताकत दिखाई ऊपर लेकर गए प्राइस को पर उसके बाद सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने यहां पे क्लोज कर दिया यह लो बनाया अगेन तीनों ही सरकमस्टांस में आपको एक चीज समझ आ रही है मारू का मतलब है स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर वो बुलिश है या बेरिश है वो बड़ी होनी चाहिए अगर वो छोटी सी बन जाएगी तो फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं या फिर वो बड़ी भी बनेगी बट उसके पास अगर शेडो बड़ी आ गई तो फिर वो मारुबुजु नहीं वो तब है, जब वो बड़ी बनती है और उसकी जो शेडो है छोटी सी। Now, कि ये चार्ट में किस तरीके से दिखती है और काम करती है सो so, यहां पर जब आप चार्ट देखते हैं वो डी सी बुलिश कहां पर बनेगा आपको समझ आ चुका है अभी तक कि जो आपका चार्ट है उसके नीचे बनता हुआ आपको दिखेगा यहां पे जो बॉटम पे बनेगा देन इट इज बुलिश तो यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है बहुत छोटी सी आपको उसकी विक दिख रही है ग्रेट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हम बोलते हैं बुलिश मारूबूजू और इसके बाद क्या होता है यू सी अबूम आपको दिखता है कि प्राइस उबर की तरफ गया एंड यू कैन मेक अ लॉर्ड ऑफ मनी एंड देन सिमिलरली अगर हम बात करें जब आपको एक बेरिश मारूबूजू दिखता है तो वो किस तरीके से दिखता है इसे भी देख लेते हैं तो अब बेरिश कहां पर देखेगा आपको देखेगा हमेशा कौन से ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में तो ठीक है यहां से ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था ऑनलाइट प्राइस थोड़ा सा सो ऊपर गया ऊपर गया बट ट्रेंड कंटिन्यू है ये किसने बताया यहां से आपको अप ट्रेंड तो देखा बट वो छोटे से अप ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर मारू सामने आ गया तो वो ये बता रहा है कि भैया प्राइस दोबारा से नीचे जाएगा और कुछ वैसा ही होता है So now you understood about so many candlestick patterns. हम एक बार जल्दी से ड्रैगन फ्लाई डोजी आपने ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में सीखा आपने इनवर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में सीखा और आपने हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में सीखा सो आई होप आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा ये हमने जो सिंगल कैंडल्स एक पैटर्न्स कवर करे हैं ये हमने वो कैंडल्स है। right, एक से ज्यादा कैंडल से बनते हैं ये भी थी। अब हम बात करेंगे एक से जो से बनते हैं वो कौन कौन से पैटर्न है बहुत मजा आने वाला है अगली वीडियो आप देखने के लिए आई होप यूर एक्साइटेड अब प्रैक्टिस जरूर करनी है आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करो टाइम लगाओ स्कूल जाते हो कॉलेज जाते हो टाइम देते हो ऑफिस जाते हो टाइम देते हो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना और टाइम नहीं दोगे नहीं चलेगा मार्केट ओपन हो रही है सवन नो साढ़े तीन क्लोज हो रही है टाइम दो आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं आप उनके अंदर ट्रेड करना चाहते हो आप ट्रेड करो आप पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करो आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करते हो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो आप इंटर करते हो आप कॉमेडि ट्रेडिंग करते हो आप फॉरिक्स ट्रेडिंग करते हो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हो यू कैन यूज दी स्कैंडल स्टिक इन एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेटअप बट आप आज सुन लिया तो भूल जाओगे और अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको याद रहेगा सो so, आप प्रैक्टिस कीजिए टाइम दीजिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर ही हम अगली वीडियोस लेकर आते हैं सो डू कमेंट इफ यू हैव समस्ली सब्सक्राइब दिस चैनल बेलाइकन पर क्लिक कीजिए कि आने वाली वीडियोज में सुनाओ और फेसबुक में तो फॉलो कीजिए आई वोल सी इन दीडियो टिल द टाइम यू गो से